ऑनलाइन गेम बेहद खतरनाक और घातक है छतरपुर में एक छात्र ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली दसवीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को ऑनलाइन गेम की इस कदर लत लगी कि उसने गेम खेलने के लिए बहन से पैसे मांगे और पैसे नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली लेकिन इतनी मौतों के बाद भी सरकार जानलेवा ऑनलाइन गेम्स को रोकने में नाकाम रही है अब ये जवाबदारी परिवार की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे मोबाइल गेम्स से दूर रखें ऑनलाइन गेम ये वो दिमागी वायरस है जिसके चलते कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ऑनलाइन गेम पर ना तो सरकार का बस चल रहा है और ना ही माता पिता अपने बच्चों को रोक पा रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल गेमों की वजह से इतनी मौतें हो चुकी हैं लेकिन इन पर पूरी तरह प्रतिबंध कब लगेगा इस पर सवालिया निशान लग गया है आए दिन ऑनलाइन गेम बच्चों की जान ले रहा है ऐसा ही एक मामला गुलगंज थाने के अनगौर गाँव से सामने आया है जहाँ ऑनलाइन गेम ने एक और बच्चे की जान ले ली दसवीं क्लास में पढ़ने वाले ऋषि बिंदुआ को ऑनलाइन गेम की लत भारी पड़ गई ऋषि ऑनलाइन गेम मोबाइल पर अक्सर खेलता था इसी गेम की लत होने पर उसने अपनी बहन से विजो गेम खेलने के लिए बत्तीस रुपए की मांग की लेकिन बहन ने जब उसे गेम खेलने के लिए पैसे नहीं दिए तो उसने आत्महत्या का प्रयास किया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई ऋषि ने सुबह जब सब सो रहे थे तभी कमरे में पंखे से फांसी लगा ली ऋषि की मौत पर पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है बालक छोटा था टेंथ क्लास में था अभी और घटना एकाएक हुई है हम समझ नहीं पाए लेकिन बाद में देखा तो शायद मोबाइल गेमिंग से हुई है क्या? आ, कुछ गेम में शायद हार गया जो भी हुआ हो या उसके साथ तो फ्रॉड तो हुआ हो ऐसा हुआ है कुछ समझ आया हमको पैसे का तो अभी ज़्यादा पता नहीं चला है लेकिन तीन का पता चला है अभी जो हमारे पास ट्रांजेक्शन जो देखा हमने अभी बाकी बड़ा कुछ पता नहीं चला। गुलगिंज थाना अंतर्गत अनगोर ग्राम में एक बालक की ने कल फांसी लगाई थी जिसकी आईसीयू में एडमिट कराने के बाद मृत्यु हो गई थी संबंधित तो मामले हमने मर कायम कर लिया और वैधानिक जांच की जा रही है परिजनों के द्वारा अभी थाने पर कोई औपचारिक कथन नहीं दिए गए इस संबंध में इसमें हम मर्ग जाँच में जो भी कथन आएंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे